भाई और बहनों आप सभी को YouTube चैनल से और पूजा और बब्लू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दिल से आज नया साल तो कल है तो नया साल में थोड़ा बहुत साफ सफाई अच्छा लगता है करने में हर साल ही आता है पता तो किसके साथ में क्या होता है उस टाइम में ना ये हर साल अच्छे से मनाना चाहिए और खुशी खुशी मनाना चाहिए हर किसी को और हर चीज करना चाहिए नया सा तो मतलब आज तो लास्ट दिन है ये पुराना साल जाने का बहुत चीज हुआ अभी तक इतना ख़त्म नहीं हुआ फिर भी थोड़ा बहुत हो जाएगा तो फिर भी थोड़ा बहुत राहत मिला है हम लोगों को इतना तो नहीं मिला तो रूम किराए से रह रहे हैं हर तो घर ही होता है चाहे अपना समझो ये काम पे लग जाते हैं दुल्ले के लिए ले लेके कर जाऊंगी तो ये पतले पतले हैं तो सूख जाएंगे तो यहाँ पर सारे कवर को कैची से काट लेते हैं हाथ बहुत है बहुत तंग करता है चूहा ने भी कवर काट लिया है नए कवर है तो यहाँ पे चूहा है तो इसलिए नहीं डालते हैं पुराने कवर से कपड़े हो गए धुलने के लिए देखिए भी अच्छे से लगा दिया है और इधर चार्जर वगैरह जो निकाल लेती हूँ क्योंकि करंट लग सकता है गीला करूँगी ना सारा फ्री है मोबाइल चार्ज करने वाला बस पलट कर दिया ये सारा उठा लेती हूँ ये जो बच्चे का मालिश करते हैं हम लोग तो कटोरी जल चुका है छोटा बच्चा यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ देखिए यार एक अचानक नीति का किताब है जो में मतलब किताब ही है और ये तो मेरा लड़की का डेरी है तो खोल लेंगे इसको लगा देते हैं तो इसका अच्छा सिस्टम तो चलिए ये डिब्बा भी बहुत गंदे हो चुके हैं जैसे कि देख रहे हो आप देख पा रहे देखिए मैंने सारे डिब्बे उतार लिए हैं बहुत कचरा निकलता है इधर सफाई हो चुका है तो हम डिब्बा को अच्छे से साफ कर लेंगे फिर कुछ रखा हुआ है डिब्बा अच्छे से साफ कर लेते हैं कपड़ा साफ है सामान है तो बाहर से तो साफ नहीं करेंगे ना इसलिए साफ करना पड़ेगा मैं तो नहीं साफ करेंगे इसमें आटा है तो मैंने सारी साफ कर दिए हैं यहाँ अब थोड़ी सी डी देख उधर खाना चला रखा है कम उध कम ज्यादा तो देखो कम गंदा है ज़्यादा गंदा खा तो इसमें हम मसाला ही डाल देते हैं हैं ऐसे है तो तो तो सारे साफ हो चुके तो देखिए यहाँ पर मैंने खाना बना रखा है जो तो मैं इनको भी अच्छा से तो यहाँ पर भी अच्छे से धन लगा लेते हैं तो जिदा गया का जैसा साफ कर लेते हैं यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से चमकने लगा बिना साबुन के बिना इसके अच्छे से मतलब की साफ हो चुका है तो घर में गैस नहीं है ना गैस तो है पर वहाँ पर थोड़ा देहाती इलाका है तो लीक घते हैं गैस जल्दी भंड दिया है अब पूरा नीचे का है जितना भी कचरा फैला हुआ है पूरा नीचे है और इधर भी थोड़ी मैंने इस घर में तो झाड़ी लगा लिया है दोस्त भाइयों और बहनों तो मैंने इस घर तो तो का झाड़ी नहीं लगाया सफाई करके खेल दिया घर में तो भी झाड़ू लगा लेती तो हूँ तो इधर का भी मैंने अच्छे से सफाई कर चुकी चुकी हूँ देखिए वो कपड़े तो मैंने अभी तक सूखने नहीं दिया है मतलब धूप में इधर का भी सारा काम हो गया है इधर का भी मैंने ये सब कर लिया है मैं जाऊँगी बर्तन धोने अब मैं जाऊँगी बर्तन धोने और धोंगी कुछ कपड़े जो मैं बाहर लेके गई थी उस टाइम में कपड़े फिर देखिएगा मैंने सारे कपड़े ढूंढ ली अच्छे तरीके से और मैं इनको सीखने के लिए ढूंढी कपड़े सूखने दे दिए देखें मेरा बेटा ये डोला डोला इसको थली से मजा आ रहा है ना रुकवा में तो पिटाई करेंगे यार। रहा, रहा सारे कपड़े देखो हम तो तुम्हें गोदी भी नहीं लेंगे ऐसे कपड़े बर्तन है यहाँ पर थोड़ा सा बर्तन में जब काम का। यहाँ तो पर देखिए कपड़े बर्तन मांग लिए यहाँ पर मैंने सारे बर्तन अच्छे से लास्ट का बर्तन है